सबसे ज्यादा जरूरी, जरूरी क्या होता है चढ़ाना क्या जरूरी है क्या बोलते बेर हो बेर की बोर जो भी जो बोलते हो जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं बेर बेर खाते हैं मात्र एक एक समर्पित किया जाता है क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह जाते सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो उसके लिए मात्र ये बिल बेपत् की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाता अकाल मौत टल जाता जा जा।